सभी के उस भाइयों को मेरा नमस्कार मैं सुमित्रा टेक्निकल ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने ई मित्रा पर करेक्ट यूजर कैसे बनाएं और या फिर आप ऑपरेटर कैसे ऐड कर सकते हैं अपने ई मित्रा पर तो आज इस बारे में अपन बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे भाई आपको कहाँ से ऑपरेटर को एड करना है और जिन के उस उपायों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन भी दबा लें इससे आप हमारी नई जो अपडेट वीडियो होती रहती है तो उनको आप डायरेक्टली देख सकें तो चलते हैं अपने इमित्रा पोर्टल पर इमित्रा पोर्टल पे जाने के बाद आपको जैसे डैशबोर्ड पर ओपन होते हो तो आपको यूजर मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना होगा जैसे यूजर मैनेजमेंट पर आप क्लिक करते हो तो आपको मैनेज यूजर पे क्लिक करना होगा मैनेज यूजर पे क्लिक करने के बाद आपको करेक्ट क्यूस्ट यूजर पे आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर पूरा बायोडाटा यहाँ पर ओपन हो जाता है आपका के कोड किस एल से है और जो एसओस होती है आपकी वो यहां पर शो कर देती है तो जिस भी के उसको आपको यहाँ पर ऑपरेटर बनाना है तो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा तो चलते हैं अपने एसओसो आई डालते हैं जिसको आपको ऑपरेटर ऐड करना है एसओसो आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बटन पे क्लिक करना है जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पर ओपन हो जाता है तो आपको इसको यहाँ से क्लोज करना है क्लोज करने के बाद आपका जैसे यहाँ पर यू नंबर मतलब आधार नंबर यहां पर शो कर देता है तो आपको भी इसको एक बार वेरीफाई करना है वेरीफाई करने के लिए आपके सिस्टम पे ओ भेजा जाता है तो आपको यहां पर ओ टी पी डाल ओ आपको यहां पर ओके पे प्रेस करना है जैसे भाई आप ओके पर प्रेस करते हो तो आपका अब यहाँ पर आधा नंबर वेरीफाई हो जाता है उसके बाद यहाँ पर पूरा डाटा डाटा आपको यहाँ पर शो कर देता है तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मेल मेल है फीमेल है जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है जो भी उस बंदे का है रूलर है तो रूलर अर्बन है तो अरबन ग्रामीण के लिए आपको रूलर चूज़ करना है और अर्बन अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन आपको चूज करना है तो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं जो भी आपका एड्रेस है और आपको यहाँ पर हिंदी में डालना है तो आपको यहाँ पर इनपुट चालू कर लेना है तो मैं यहाँ पर इनपुट चालू कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर उनकी जो तस्वीर लगती है वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है और जो उनका वार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर अर्बन चूज कर लिया था मैं यहाँ पर जो भी उनकी ग्राम पंचायत लगती है वो आपको यहाँ पर फिल करना है विलेज जो भी है उनका वो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डालना है तो मैं यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल देता हूँ डालने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रूफ में आपको दसवीं की मार्कशीट बारहवीं की मार्कशीट जो भी है आपके पास वो आपको यहाँ पर पीडीएफ डी बना के और डालनी है तो आपको 200, सौ के बी में जो भी है आपकी प्लेस वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पर पीडीएफ डी बना के उसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर चलते हैं अपने और आपको वैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन की आपको पी डीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड करनी है अपलोड करने के बाद आप चलते हैं परमिशन डिटेल पे परमिशन डिटेल पे आप उसको कौन सा रोल आ, मतलब परमिशन टाइप देना चाहते हो रोल या रोल ग्रुप तो अपन को यहाँ पर चूज करना है रोल उसके बाद आपको रोल में क्योंकि लेखा खार अकाउंटेंट या फिर उसको आप बेलेंस डालना चाहते हो मतलब उनसे बेलेंस डलवाना चाहते हो भाई ये बेलेंस डाल सके अपने एक मित्रा में तो आपको ये सिलेक्ट करना है अगर को उसके ट्रांजेक्शन यूजर अगर वो उसको आप ट्रांजेक्शन ही करवाना चाहते हैं उनसे और अकाउंट में पैसे डालना करना ये आपको देखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली वो ट्रांजेक्शन ही कर पाएगा एल एस उसके एडमिन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो आप वो जो आप ई पे काम करते हो बैलेंस डालना पूरी इंक्वायरी देखना सब कुछ वो यहाँ से वो खुद भी ऑपरेटर भी कर सकता है बैलेंस भी डाल सकता है ट्रांजैक्शन भी कर सकता है जैसा एक एडमिन करता है जैसे आप खुद ने ये लिया है जैसे आप करते हो वैसा सारा काम वो एल एस पी क्यों एडमिन पर कर सकता है अगर उसको ट्रांजेक्शन ही करना है एलाव करना है तो ट्रांजेक्शन के लिए आपके उसके ट्रांजेक्शन यूजर का चेंज कर सकते हो और आपको सेव कर देना है तो मैं यहाँ पर एल एस पी के एडमिट कर देता हूं इससे वो पूरे काम कर सकता है जो अपन करते हैं और उसको यहाँ पर सेव कर देना है तो यहाँ पर एरर बता दिया है तो अपन यहाँ पर क्वालिफिकेशन चूज कर लेंगे और आपको यहाँ पर सेव कर देना है जैसे आप सेव करते हो सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक यूजर बनाया हुआ है मैंने तो अप्रूव है और यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है तो जैसे मैंने यूजर यहाँ पर चेंज किया है तो यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है तो आपको यहाँ से एक मेल अपनी एलएसपी को डालना है जिसमें आपका क्यों उसके यूजर हो कि एस एसओ और जो अपना के कोड है ईमित्रा का के कोड आप यहाँ से निकाल सकते हो ये के कोड आपको मेल में डालना है प्लस आपको दसवीं की मार्कशीट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है पुलिस वेरिफिकेशन डाल के और आपको अपनी एल को मेल करना है और जिनके उस पर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे उसके लिए आप बेल आइकन की घंटी पर प्रेस कर सकते हैं धन्यवाद